लिखे जो ख़त तुझे तो तेरी याद में हज़ारों के बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात आई तो सितारे भी सूं पीछे से दोष